नमस्कार दोस्तों सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार पूजनीय माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि छोरा आज हम सब सीखेंगे कामुकता भाव से बचने के लिए विधि कुछ नौजवान साथी इधर फोन कर रहे थे कि हम क्या कुछ ऐसा विधि सीखे ताकि अपने आप को कामुकता भाव से बचा सकें मेरा मन हमेशा कुमती रूपी कीचड़ में फंसा रहता है पढ़ाई करने बैठते हैं कोई काम करते हैं हमेशा गलत गलत दृश्य हमारे अंदर बुरे भाव हमेशा मुझे परेशान क्यों रहता है ना तो सही से पढ़ाई कर पाते हैं और तो कोई काम मन लगता है क्या कुछ हम विधि कुछ ऐसा करें ताकि हमें पढ़ने में या कोई काम करने में एकाग्रता बनी रहे और सही ढंग से हम अपना काम कर सकें तो जो भी नौजवान साथी का इस तरह से प्रश्न है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ प्रणाम करता हूँ कि उनका पूर्व जन्म का पुण्य का उदय हुआ है ताकि इस तरह से भाव आया है कि अपने आप को कैसे हम बचाएं और यदि उनका इस तरह से इच्छा है तो हमारे महापुरुषों का बहुत ही लाजवाब और कमाल की विधि है इस विधि को यदि दो तीन महीना लगातार वो कर लिए तो बुरे दृश्य देखकर उनका बहुत बेकार महसूस होगा वो क्या हम देखेंगे या बुरे संगीत या बुरी बातें सुनकर उनका मन वहाँ वो असहज महसूस करेंगे तुम्हें लगेगा क्या ये छोटी मोटी बातों में रखा है इस विधि में इतना चमत्कार है इतना चमत्कार है कि मात्र तीन महीना लगातार आप करके देखिए सुबह फ्रेश होने के बाद पाँच से दस मिनट सुबह और रात्रि में भी खाना खाने से पाँच से दस मिनट रात में जरूर कीजिए तो चलिए हम सब ये सीखते हैं विधि बहुत ही सरल और आसान विधि है न तो कोई परेशानी है न तो कोई दिक्कत है इस तरह से बजरास में सर्वप्रथम बैठ जाएं और और पैर को को इस तरह तरह से से बाहर कर लिए हाथ को इसी तरह से रखते हुए नाभि फेफड़ा में लंबी गहरी श्वास भरनी फेफड़ा में लंबी गहरी श्वास भरनी है छोड़नी सुबह फ्रेश होने के बाद पाँच मिनट से शुरू करके धीरे धीरे दस मिनट तक कीजिए सुबह सुबह और रात्रि में भी खाना खाने से पहले अन्यथा खाना खाने के बाद भी एक डेढ़ घंटा बाद सोने से पहले ये विधि अवश्य करें। यदि लगातार तीन महीना इस तरह से इसे ब्रह्मचर्य आसन भी बोलते हैं। यदि करते रहें तो मन कुमति से निकलकर कर सुमति में आपका लग जाए कुमती रूपी कीचड़ से मन निकलकर कर सुमति ऊपर पुष्प पर आपका मन विराजमान हो जाएगा इसी तरह से बहुत इस तरह और आसान विधि है इसी तरह से बैठे रहे और लंबी गहरी श्वास नाभी फेफड़ा में भरनी है अब पाँच सेकेंड रोकनी है फिर धीरे धीरे छोड़ दे अब इसी तरह से पीछे से भी एक बार आप देख लीजिए बहुत ही सरल और आसान विधि कोई कठिनाई नहीं कोई परेशानी नहीं बहुत ही आसान से इस विधि को हम कर सकते हैं। जो भी नौजवान भाई बहन अपने मन को कुमती रूपी विचार से बचाना चाहते हैं उनके लिए यह विधि बहुत ही लाजवाब लाजवाबशील वो करके देखें दो चार दिन करने से ही वो उन्हें अनुभव होगा कि मन हमेशा ऐसा महसूस होगा कि अच्छे कार्य में अपने आप को व्यस्त रखें अन्यथा एकांत में कहीं अच्छे विचार में लगेंगे बुरे दृश्य बुरी बातें सुनना आपको बिल्कुल अनावश्यक महसूस होगा आप वहाँ असहज महसूस ये विधि यदि लगातार दो तीन महीना याद करते हैं ये विधि मानव को महामानव बनाने के लिए विधि है हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों पूरा जीवन लगा दिए ये जीवन को समझने के लिए ये जीवन सुखमय बनाने के लिए कि आने वाला हमारा मानव जाति पीढ़ी कैसे सुखमय जीवन, जीवन, जीवन? हर एक समस्या के लिए कोई न कोई वो विधि बताएं और आज हम लोग फैशन के कटुतरी बने तो अनावश्यक लत से हम बचें और इस विधि को अपनाएं और इसी विधि को अपनाकर अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाएं तो इस विधि को अपनाकर आप कुछ कर दिखाइए ऐसा कि पूरा विश्व करना चाहे आपके देश इसी के साथ आप सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद जय भारत